ज़ to my channel so guys today टू डे आज मैं करने जा रही हूँ एक सिंपल पार्टीवेयर मेकअप लुक आई मीन जब आपको पार्टी में जाना होता है वो वाला मेकअप सो so, ये मेरा video वीडियो है. अगर आप जल्दी से इस video को like कर देना और मेरे channel को सब्सक्राइब कर देना guys please and इस जो subscribe वाले button है ना उसके पास ही वाले घंटी को दबा देना so इससे आपको मेरी notifications पता लगती रहेगी सो विदाउट एन टाइव लेट स्टार्ट इसीडियो पहले तो मैं अपने हेयर को टैंक कर लेती हूँ ताकि जब मैं मेकअप करूँ तो मेरे बाल भी मेकअप से ना भर जाए सो so, या yeah, अभी मेरे बाल थोड़े से हैं टैंक्स हैं मैंने अभी इसको कॉम नहीं किया है so, सो बुरा नोटिस फट करना गाइस सो ओके सो so, अब मैं करने जा रही हूँ पहले एक मॉइस्चराइजर से फिर मैं प्राइमर लगाऊंगी मैं ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लूँगी ज़्यादा लूँगी तो कहता और पहले ही से ही ऑयली स्किन है तो मैं और ऑयली नहीं करना चाहती हूँ सो so, अभी मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर सो so, मैं प्राइमर ये वाला लगाने वाली हूँ ये क्लियर नहीं है ये क्रीम टाइप है सो फिर भी हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे ज़्यादा नहीं लगाएंगे और मैं ये अभी मेकअप जो करने वाली हूँ ये सिर्फ वन ब्रैंड वाला मेकअप करूँगी हाँ कुछ हो गए जो मुझे नहीं मिले हैं मेकअप्स जो है जैसे कि लाइक मे के मुझे हर प्रोडक्ट नहीं मिला है सो मैं और प्रोडक्ट भी यूज़ कर हूँ पर मोस्टली मैं ज़्यादा मे का यूज़ करने वाली हूँ इस वीडियो में सो so, सो so आप सोच अभी तो मैं बड़ी नहीं हूँ तो मैं मेकअप क्या कर रही हूँ सो बस ये मेकअप कभी कभी करने मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप ये रोज़ करो मेकअप ये है मेकअप जब हम पार्टीस्ट में जाते हैं प्रींन्स की प्री टीन्स की मतलब जो मेकअप होता है प्रीन्स की सो so, वो मैं मेकअप करने वाली हूँ सो so, पहले अब मेरा ये हो गया है प्राइमर सो so आप इसको जस्ट वन मिनट के लिए ऐसे ही रखने दो ताकि वो सेट हो जाए अगर हम आप ऐसे ही लगाओगे तो वो भारा भारा सा लगेगा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा पर आपको वन मिनट के लिए रुकना पड़ेगा सो मैडम सो अभी मैं लगाने वाली हूँ फ़ाउंडेशन जो है मे बलिंग का फिटनी दखन हाँ ये वाला सो इन द शेड आई पेक सिक्स ज़ीरो सो ये मैथ पॉलिसस है मीडियम कवरेज का है मुझे ज़्यादा लो कवरेज और हाई कवरेज का बिल्कुल नहीं पसंद मुझे मीडियम ही अच्छा लगता है सो so मैं मीडियम ही यूज़ कर रही हूँ जैस इतना सही है क्योंकि बर्स आपको है ना इसको ऐसे ऐसे करना होगा ताकि ये पतला हो जाए अगर आप आप एक जगह लगाओगे है ना अपने फेस पर तो वो अच्छी, अच्छी तरह से लगे अच्छी तरह से लाइक फुल वो नहीं देगा सो so, इससे पहले आपको इसको हल्का करना होगा लाइक दिस एंड नाव यू कैन अप्लाई तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ फाउंडेशन और आप देख सकते हो एक एक पंप से हमारा कितना सा वो हो गया है मेकअप सो अभी मैं आप चाहो तो कोई भी फैट स्पंच या ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो ये गंदा हुआ है अभी थोड़ा सा सो so, इसको ब्लेंड करेंगे सो so, आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स कितने आए हैं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं सो so, इसको प्लीज़ ध्यान मत देना गाँव सो so, डन और अभी हम कंसीलर लगाएंगे सो वे कंसीलर सो कंसीलर मैं अभी यूज करने वाली हूँ जो है Maybelline New York का ए इंस्टेंट एज रि रिवाइंड और ए सर मल्टी यूज कंसीलर सो ये भी मेरे इसकी शेड का है वन थर्टी मीडियम टू जीरो मोयन एंड द शेड मोएन सो जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वो मैं वहाँ लगाऊंगी ठीक so now we're स्टार्टिंग ब्लाडिंग अख सोदान अभी हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर का कि ये set हो जाए जो लग रहा है सो मैं मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ मे का इनका न्यू का सुपर स्टे फुल कवरेज पाउडर फाउंडेशन सो मेरे मे मुझे यही मिला था सो so, मैं अभी ये यूज़ करने वाली हूँ ये कॉम्पैक्ट नहीं है जस्ट लाइक पाउडर फाउंडेशन है सो so, पर ये फिर भी कोई बात ओह वाओ गाइस इसके कवरेज तो देखो इससे तो बार ज़्यादा ही गोरा नहीं हो गया मेरा मुँह मैं थोड़ा सा इसको एक्सेस पाउडर को निकाल देती हूँ सो गाइस मैं अभी थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर कर लिया है आई मीन फाउंडेशन जो होता है पाउडर मैं इसको एक्सेस पाउडर निकाल रही हूँ वो भी एक क्लीन ब्रश से मेक श्योर sure आपके जब आप मेकअप करो तो आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए सो so, ये ना हो कि आपके हैंड्स डर्टी हो सो so, पहले तो हम फेस मेकअप से स्टार्ट करते हैं अभी मुझे काउंट्रोल मे बिल इनका मिला नहीं था सो so, मैं कोई भी काउंट्रोल यूज़ नहीं कर रही हूँ पर वैसे भी मुझे काउंटोर इतनी पसंद नहीं है गाइस सो so, मैं अब सीधे ब्लश से ही लगाऊंगी सो so, मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का Maybelline fit इन फिटमे का ब्लश इन द शेड रोस सो मैं इसको इस ब्रश से निकालूंगी इस ब्रश से बहुत अच्छा होता है गाइस अब ये गंदा हुआ है क्योंकि मैं हमेशा इसको ब्लश के लिए as a ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ ठीक है इसकी इतनी पिगमामेंट भी नहीं है पर ठीक है मैं ज़्यादा अपने एपल्स में पसंद करती हूँ लगाना ब्रश और नोज़ में क्योंकि मैं किड्स हूँ क्योंकि किड्स में नोज़ में अच्छा लगता है सो so, मुझे नोज में बहुत अच्छा लगता है लगाना ये आपकी मर्ज़ी है आपको कहाँ लगाना है सो so, अभी हम आई से स्टार्ट करते हैं हमारा तो ये डन हो गया है सो so, पहले तो हम आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं ब्रश करती हूँ अपने आई को फिर फिलअप करती हूँ फिर इसमें अभी वो इतनी जल्दी मिलेगा तो नहीं मैं क्योंकि वो चला सो so, मैं अभी ये मे का काजल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पेंसिल भी नहीं मिली थी पता नहीं क्यों वो जहाँ मैंने ख़रीदा है वहाँ इतना पूरा सामान नहीं मिला है मुझे सो so, पर जो है आप चला सकते हो और ये जो काजल मैंने लिया है ये मेरे आईब्रोज से शेड से बिल्कुल मैच करता है सो so, मुझे इतना मैं ज़्यादा फीलिंग नहीं करूँगी जहाँ मेरे यहाँ है वहाँ ही मैं फीलिंग करती हूँ वैसे तो मैं नहीं करूँगी सो so गाइस आप देख सकते हो मुझे इतनी अच्छी तो आती नहीं है, आप आईब्रो बनानी पर जैसी है ठीक है सो so, अभी हम करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं सो so, अभी हम करते हैं आई मेकअप सो so, मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मुझे अभी का बिल्कुल नहीं मिला पता नहीं क्यों नहीं मिलता है मुझे हर सामान कम्प्लीटली सो मैं अभी यूज कर रही हूँ रौ, रियर र लिय रियल का लियल का पेरेस का पता है जो मर्जी हुई ये लॉ रियल पेरिस का ला दहाइल मिनी पायलट यूज़ कर रही हूँ मैं सो इन इसमें काउंटोरिंग भी है पर मैंने मैं भूल गई थी किस में कॉन्टोरिंग है आई मीन इसमें आईब्रो एज आई आई ये कलर आप ऐसा काउटोरिंग कर सकते हो एज आ uh, क्या कहते हैं आईब्रो कर सकते हो एज एज अ आउटर कॉर्नर का जो आई शेडो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो सो एंड द गोल्डन शेड इज़ यू कैन यूज़ एज अ हाईलाइटर सो एंड दिस वन इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल यू कैन यूज़ इथ आई शेरो भाई आई शेरो सो एंड लेट्स स्टार्ट विद आउट ट्राई ब्रिस सो मैं मुझे वो सॉफ्ट स्पंची वाला पसंद नहीं है वो यूज़ करना ब्रश तो मैं ऐसा ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये भी बहुत अच्छा होता सो so, आप चाहो तो आप जो अपनी हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हो मैं कुछ कहती हूँ मैं नहीं कुछ कहती हूँ सो so, पहले तो मैं ये कलर पिक करती हूँ जो ये मरून कलर का है ये है कलर ये मैट कलर है एज अ क्या कहते हैं आउटर कॉर्नर के लिए सो so, मुझे ऐसे दिखता नहीं है बिना मिरर के सो so, मैं इन फाइव मिनट्स ही आपको दिखाती हूँ सो so, मैंने आउटर कॉर्नर कर लिया है बिल्कुल कर लिया है एंड नाउ जस्ट स्टार्टिंग टू पुट सम गोल्डन कलर आज इस मेरून शिमर शेड कलर सो मैं इसको पिक कर रही हूँ इसी ब्रश से एंड अपने इनर कॉर्नर में लगा लीजिए आप चाहो तो कोई भी शिमर शेड कलर का गा सकते हो क्योंकि पार्टी वेयरस में गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है आजकल ये ट्रेंड भी है सो या मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ so ये है मेरा आई मेकअप सो मैं इस आई को भी अपना आप ही देखकर करती हूँ And now we're just applying some highlighter with this golden shade. This is shimmer shade as a you can use as a highlighter. Look at me, nekata na. एंड नाउ रजिस्टर एंड दिस इज़ द प्रथिन पिम्पल मेकअप लग सो अभी हम लगाते हैं क्या कहते हैं मैं फेक आई लैशेस नहीं लगा रही हूँ मैं सिर्फ सिंपल लगा रही हूँ पर पहले हम उसके पहले आई लाइनर लगाते हैं मुझे eyeliner लाइनर से सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मुझे आई लाइनर बिल्कुल नहीं लगाना आता है शायद मुझे कभी कभी अच्छा बन जाता है पर मे आम नॉट श्योर सो लेट्स बट मुझे ट्राई करने का भी मूड नहीं है सो so, रहने दे गाइस आखे कालिया हो जाएंगे हम सिर्फ काजल लगा लेते हैं सो so, मैं काजल ही लगाने वाली हूँ मैं आईलाइनर नहीं लगाने वाली हूँ अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो आईलाइनर पर मैं नहीं लगाऊँगी मैं ये वीडियो नई बना रही हूँ कि हाउ टू डू अ सिंपल मेकअप हाउ टू डू अ पैंटीन क्योंकि पैंटीन में इतना भारी मेकअप अच्छा नहीं लगता पर ऑलरेडी हमने भारी मेकअप कर लिया है सो so हमें इतना और भारी नहीं करना है अपनी आँखों को सो so पहले मैं काजल लगाती हूँ मुझे काजल भी करे नहीं लगाना आता है पर मैं लेट्स ट्राई ठीक है अब अभी हम अपर लाइन को भी लगाते हैं ताकि ये हमने अपर लाइन को भी लगा लिया जो हमारे लैश लाइन के ऊपर होता है and now we're just done so अभी हम लगाते हैं वो क्या कहते हैं For, वो क्या कहते हैं eyelash color कलर मैं फॉल्स आई लैश नहीं यूज़ कर रही हूँ ओके ना वेर जिस चांद सो अभी हम लगाते हैं फॉल्स वो क्या कहते हैं वेट वर इज इट हाँ सो so, मैं लगा ली हूँ ये मे बिल का क्या कहते हैं फॉल्स हैफ्ट हाइड्रेटेड ये वाटर प्रूफ है सो so, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ध्यान से जानवी ध्यान से आप देख सकते हैं, मेरे राउंडेड आइज़ है पर मुझे लगता है कि मेरी आइस राउंडेड है सो फॉर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे मेरे आइस पे पर ठीक है मुझे गोल मटोल आंखें पसंद है सो अब बारी है लिपस्टिक की मैं लिपस्टिक की जगह कुछ पर मैं लिपस्टिक ही लगाऊँगी कोई बात नहीं सो मैं अभी लगा रही हूँ मेरे पास मे की मैंने लिपस्टिक ख़रीदी है पर इसका शेड थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है सो मुझे इतना पसंद नहीं है ये सुपर स्टे मैट लिपस्टिक है सो so ये लिथेगी नहीं सो so, मुझे पता है ये सेवन हॉर्स तो रहेगी लिप अपने लिप्स पे, या तो फिर एक दिन हो जाएगा ये लगी रहेगी सो so, मैं मैट लिपस्टिक कितना पसंद नहीं करती जब मैं सच में जाती हूँ पार्टीस में तब पर मैं ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ सो so, फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ ये मैक का मैक के लिपस्टिक ये मैक लिपस्टिक भरोसा नहीं होता ये देखो सो so, अभी हम इसको लगा लेते हैं ये थोड़ा लाइट शेड है एंड वेर जस्ट चांस सो मेरा मेकअप खत्म हो गया है हम ब्यूटी शॉर्ट देने का टाइम आ गया this is And this is done. And now this is done. So अब हम करेंगे ब्यूटी शॉर्ट जो अभी खत्म भी हो क्या है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ ही बटन को दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादातर तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे मैं मेकअप करती हूँ जिस जो कि सो बाय है नाइस डे गुड लाइक हैव इंजॉय इन्जॉय इन्जॉय बाय